समय बदल रहा है समय बदल रहा है न जाने तेरा या मेरा पर ये समय बदल रहा है तू साथ तो चल रहा है ना क्योंकि ये समय बदल रहा है तू सबसे मिलता रहियो पूछता रहियो सबके हाल क्योंकि ये समय बदल रहा है अपनी चाल बीत रहे साल पे साल ये समय कर बट ले रहा है समय बदल रहा है समय बदल रहा है, है न जाने तेरा या मेरा पर यह समय बदल रहा है बचपन में सुना करते थे कहानी नानी की जुबानी अब ना वो वक्त रहा ना नानी और ना कहानी इस वक्त की है पुरानी वक्त की ये सुई किसी के हाथ ना आनी। आज है तेरा कल है मेरा ये बात ना किसी से है छुपी और ना छुपानी ये दास्ता तुमने आज सुनी तो कल किसी और को है सुनानी आज तेरी तो कल मेरी है दुनिया दीवानी मुंह पे गाली हाथों पे ताली ये दुनिया है बड़ी मिला कभी गम है तो कभी खुशहाली करती नहीं आराम से ये जिंदगी वो गरमा गरम चाय की प्याली काश रोज आती दिवाली खुदा के दर पे जाके यही पूछे सवाली माना मेरी झोली है खाली तो क्यों तूने गम की रोटियां मेरी झोली में डाली और ऊपर से जमाना जाली अपनी फूलों से प्यार नहीं करता माली जो करे मेहनत खाली रह जाए उसकी थाली समय किसी का मोहताज नहीं होता कभी जो कल था तेरे पास वो आज नहीं होता हर दिन एक सा नहीं होता कोई जिंदगी भर होता तो कोई चैन से कभी नहीं है सोता समय बदल रहा है समय बदल रहा है न जाने तेरा या मेरा पर ये समय बदल रहा है समय है कोई सरकार नहीं तुझे कुछ कहने की दरकार नहीं जो खोता है वही इस दुनिया में पाता है और यह समय हर इंसान का आता है जाता है जो लड़ता है उसे लड़ने दे जो मरता है उसे मरने दे समय को अपनी साजिश करने दे समय किसी के लिए रुकता नहीं किसी के आगे झुकता नहीं ये चलेगा उसी के साथ जो मेहनत करते हुए थकता नहीं समय बदल रहा है समय बदल रहा है न जाने तेरा या मेरा पर ये समय बदल रहा है तू तो साफ तो चल रहा है ना क्योंकि ये समय बदल रहा है किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद करके ये समय न्याय कर रहा है समय देख रहा है किसका बहता है पसीना किसका बहता है खून ये समय है नहीं है कोई अंदा कानून समय आने पे सुनाता है ये फैसला सबके जख्मों पे लगाता है ये मरम दवाई समय की अदालत में सबकी होती है कार्रवाई ना कोई दलील ना कोई सफाई ना किसी के नोटों की गड्डी ना किसी की सिफारिश काम सब सब्र कर जरा सब्र कर या सबकी होती है सुनवाई आबाद भी यही करेगा और बर्बाद भी यही करेगा